तो दोस्तों इसका चैनल भी सर्च में नहीं आ रहा इसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 10 वीडियो अपलोड किया है और 12000 सब्सक्राइबर और वो भी सिर्फ 27 दिनों के अंदर तो आज की इस आपको एक ऐसे चैनल के बारे में बताने जा रहा हूं जो सिर्फ 27 दिनों के अंदर अपने चैनल पर जो है बारह से ज्यादा सब्सक्राइबर कम्पलीट कर लिए है और वो भी दस वीडियो से सिर्फ दस वीडियो से जब मैं इस वीडियो का थमलेल बना रहा था डिजाइन कर रहा था तब इसके चैनल पर दस सब्सक्राइबर थे जब मैंने अपना थमलेल तैयार कर लिया फिर देखा तो इसके चार पर बारह हज़ार सब्सक्राइपर कम्प्लीट हो गया है मतलब कि कुछ दिन के बाद अब पता नहीं लाख भी टप जाएगा बहुत ही जल्द इसका लाभ भी टप जाएगा तो आज की इस बीड में आपको ये बताऊंगा कि इनके ग्रो होने का रीज़न क्या है क्या इन्होंने एल्गोरिथम को ब्रेक कर लिया है एल्गोिथम को हैक कर लिया है आपको इस बीड में आपको सब कुछ बताऊँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि इनके ग्रो होने का रीज़न क्या है दरअसल इनके ग्रो होने का सिर्फ़ और सिर्फ तीन रीज़न है आपको इस बीड में आपको बताऊँगा अगर आपके भी अंदर ये दो दोरीजन है तो आप भी ग्रो हो सकते हो तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि इनके ग्रो होने का तीन रीजन है और अभी मैंने आपको बोला कि आपके भी अंदर ये दो रीजन है तो आप भी ग्रो हो सकते हो पहला मैंने इसलिए छोड़ दिया वो आपको आगे पता चलने वाला है तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा तो बिना टाइम से चले टॉपिक को शुरू करते हैं बिना किसी इंडियो के एंड बाय द बाय मैं आठ सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ पता नहीं ये वीडियो आप जब देखोगे तो शायद कम्प्लीट भी हो गया होगा तो अगर आप सब ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत ही जल्द वन भी सब्सक्राइबर कम्प्लीट करना है तो मैं यहां पर साइड में स्क्रीन रिकॉर्ड लगा देता तो हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगा और मैं इसके चैनल का नाम सर्च करता हूं तो आप शौक़ हो जाओगे इसके चैनल का मैं यहां पर सर्च करता हूं तो आप शौक़ में चले जाओगे यहां पर मैं जैसे ही जाता हूं और यहां पर सर्च करता हूं आदित्य ब्लॉग इसके चैनल का नाम है आदित्य ब्लॉग और नाम सर्च करने के बाद भी इसका चैनल यहाँ पर सर्च में नहीं आ रहा है उसके बावजूद भी इसका चैनल ग्रो हो गया आप नीचे भी चले जाओ इसका चैनल यहाँ पर नहीं आ रहा है सिर्फ इसके नाम से वीडियो यहाँ पर आ रहा है चैनल भी सर्च में नहीं आ रहा है तो जिनको लगता है कि मेरा चैनल सर्च में नहीं आ रहा है बस काम करते रहिए ग्रो हो जाओगे यहां पर भाई को देख सकते हो चैनल भी सर्च में नहीं आ रहा है उसके बावजूद भी ग्रो हो गया है तो मैं इसके चैनल पर ले जा आपको दिखाता हूं 10 वीडियो से 12000 सब्सक्राइबर अब मैं आपको इसको अबाउट सब दिखा देती हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते तो हो सत्ताईस नवम्बर के इन्होंने चैनल बनाया है और आज है तेईस दिसम्बर तो यानी कि सत दिनों के अंदर इन्होंने अपने चैनल को ग्रो कर लिया है और ग्रो होने का रीज़न क्या है आपको पता चलने वाला है और ये इन्होंने एल्गोरिथम को ब्रेक किया है हैक किया है सब कुछ आपको पता चलने वाला है जैसे कि हम यहाँ पर जाते हैं इसके ओल्डेस्ट वीडियो पर जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो तीन हफ्ते पहले इन्होंने वीडियो अपलोड किया था फर्स्ट और यहाँ पर इन्होंने टाइटल आप देखो पहला पहला रीज़न यह है इनका ग्रोह होने का टाइटल आप इसका देखो टाइटल बहुत ही ज़बरदस्त एंड कैची है इसका टाइटल आप देख सकते हो तो माय फर्स्ट ब्लॉग माय फर्स्ट ब्लॉग माय फर्स्ट ब्लॉग यानी इन्होंने मतलब इसको पहले से पता था कि YouTube पर ज़्यादा भी क्या सर्च कर रहा है यानी कि YouTube पर अभी माय फर्स्ट ब्लॉग ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है बहुत ही ज़्यादा लोग सर्च करते हैं इसी के ऊपर इन्होंने कई सारे वीडियो बना दिया और इसी के वजह से इनका वीडियो वायरल हो गया इसका वीडियो सर्च में चला गया है और इसी की वजह से इनका वीडियो जो है सर्च में चला गया तो इसका चैनल भी ग्रो हो गया है और इनका दूसरा रीजन ये है ग्रो होने का आप इसका थंबनेल देखो सिंपल थंबनेल है आप यहाँ पर दोस्तों माई फर्स्ट ब्लॉग माय फर्स्ट ब्लॉग स्वप्नर चैलेंज ब्लॉग यहाँ पर दोस्तों थंबनेल मतलब कि पूरा ही मतलब के नॉर्मल थंबनेल है तो इन्होंने दो रीजन फॉलो किया था इसीलिए इनका चैनल ग्रो हो गया है यहाँ पर टाइटल को इसने ध्यान रख के रखा है और थमनेल को भी ध्यान में रख इन्होंने लगाया इसीलिए इनका चैनल ग्रो हो गया है और मैं आपको कुछ बातें हैं वो बताना चाहता हूँ तो अगर आपको भी ग्रो होना है तो आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा आपको टाइटल पर फोकस करना है और थंबनेल पर थंबनेल आप दो से तीन बार बनाओ जब तक आपको अच्छा ना लगे कि ये थंबनेल बेस्ट है तब तक आप थंबनेल बनाते रहो इस वीडियो का थमनेल मैं तीन बार बना चुका हूँ तीनों बार मुझे अच्छा नहीं लगा चौथा बार बनाया तो इस थमनेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है तो आपको भी अगर व्यू चाहिए अच्छा खासा व्यूज चाहिए अपने चैनल पर इंडिया के मोस्ट पॉपुलर ब्लॉगर सौरभ जोशी ब्लॉग ने इसके वीडियो पर कॉमेंट किया था जिसके वजह से इसका चैनल रॉकेट की तरह उड़ गया है देखो दोस्तों अगर आप सभी काम अच्छा करते हो तो कोई भी हो नंबर इंडिया के नंबर कोई भी यूट्यूबर हो आपको वीडियो पर ज़रूर कमेंट करेगा अगर आप दिल से मेहनत करते हो तो आपके वीडियो पर ज़रूर वो कमेंट करेगा और आपको ज़रूर वो सपोर्ट करेगा और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो यहां पर तीन दिन पहले इन्होंने वन के सेलिब्रेशन किया था और इसी वीडियो से इनके चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर आ गए थे और इसका चैनल ग्रो हो गया और इसका चैनल मोनेटाइज़ भी हो गया और शायद इसी महीने इसका पेमेंट भी आ जाएगा तो देखो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जब ये जब ये लड़का कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो जब आप भी अच्छे से वीडियो अपलोड करोगे कॉन्सिटेंसी बना रखोगे तो आपके भी चैनल ग्रो हो सकता है आप सब क्या करते हो दस दस बारह वीडियो अपलोड कर दिया व्यूज नहीं आए छोड़ दिया भागो यूट्यूब पर आप नहीं वीडियो बनाएंगे लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है अगर आपको भी ग्रो होना है तो आपको सब्र करना पड़ेगा जीरो भी जाए उसमें आपको सबर करना पड़ेगा वीडियो अपलोड करते रहना है बाद में आपको ज़रूर ग्रो मिलेगा तो आप जान लीजिए कि क्या इन्होंने एल्गोरिथम को हैक कर लिया है तो ऐसा नहीं है एल्गोरिथम को कोई भी हैक नहीं कर सकता है बस मैं थमनेल में क्लिक करने के लिए लगाया था एल्गोरिथम को आप जो है जान नहीं सकते पहचान नहीं सकते क्योंकि ये हर दिन हर रोज़ चेंज होते रहते हैं अगर आपको भी एल्गोरिथम के साथ खेलना है तो आपको वीडियो अपलोड करते रहना है कंसिस्टेंसी आपको बना रखना है आपका चैनल ग्रो हो जाएगा एल्गोरिथम को पता चल जाएगा ये बंदा मेहनत कर रहा है तो आपके चैनल को ग्रो वो करवा देगा बस आप वीडियो अपलोड करते रहिए दो चार वीज आते हैं तो इसे हार नहीं जाइए जितना व्यूज आ रहे हैं उसमें खुश रहिए और ज़्यादा व्यूज़ लाने के बारे में सोचिए और ज़्यादा अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने के बारे में सोचिए बस आपका चैनल ग्रो हो जाएगा ये सब फालतू के चक्कर में आप माफ मत पढ़िए कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं सिर्फ दस व्यूज़ आए हैं बारह व्यूज आए हैं पचास व्यूज आए हैं जितना व्यूज आ रहे हैं उसमें खुश रहो कंटेंट को इम्प्रूव करने के बारे में सोच तो बस आज की इस वीडियो में आपको यही बताना था आई होप कि आप समझ गए होंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्याद से ज़्यादा शेयर करेगा उन लोगों के पास जो यूट्यूब छोड़ने के हाल में और वो कहते हैं कि हमें व्यूज़ नहीं आ रहे हैं हम यूट्यूब पर आप नहीं ग्रो कर सकते हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेगा और ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखना एंड लव यू ऑल एंड YouTube से और टेक्निकल भी देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को एंड अगर आपको कस्टम यूआरएल लेना है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा एंड अगर आपको कस्टम यूआरएल नहीं लेना है तो ये वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा बहुत ही यूज़फुल है आप सबके लिए जाके जरूर से देखिए